या देवी शर्वभूतेसु शक्तिपेणुुस्था नमस्त नमस्त नमस्तस्य नमो नमः दुर्गे स्मृता हाथ भीतिम शेषजन तो स्वस्थ स्मृता मतमतिम शुभ दधासी दारिद्रदुख भयहारिणी का पराय सदाचिता दर्शको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 रविवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर 1 मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर बजकर मिनट मिनट पर शुक्ल पक्ष की तिथि रहेगी दर्शकों 8 14 शाम तक की नक्षत्र रहेगा हस्त इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा किस्तुधन इसके उपरांत वव और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा बालोकरण योग रहेगा ब्रह्म इसके उपरांत इंद्र योग रहेगा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 मेष राशि के जातकों आज का दिन नवरात्र का प्रथम दिन कैसा होगा तो आज आपका काम आपके मन मुताबिक होगा मित्रों के साथ किसी खास विषय पर आज आप चर्चा करते हुए नजर आएंगे जिससे आने वाले समय में आपको लाभ होगा आज आपका दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और आज आपको काम के कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे साथ ही कई तरीके के अनुभव भी आज आपको मिलेंगे बच्चों के दिमाग में कोई रचनात्मक कार्य आ सकता है आज यदि आप वाहन वाहन चलाते हैं तो चलाइएगा अन्यथा चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है किसी जरूरी काम में परिवार वालों की मदद मिलेगी कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का पाठ करिए और माँ दुर्गा को आज आप लोग सफेद मिठाई का भोग लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूरा दिशा वृषभ राशि के जात को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 के तमाम अवसर प्राप्त होंगे। जो कोई और दुर्गा के सिद्ध इस्त्रोत का माता रानी आपके समस्त कार्यो की सिद्धि करेंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा मिथुन राशि के जातकों नवरात्र का पहला दिन तो आज ऑफिस में आपको बड़े अधिकारियों का उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा आपकी आप राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज विदेश दौरे के चांस बन रहे घर परिवार का वातावरण बहुत ज्यादा आज शांतिपूर्ण बना रहेगा आज आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज्यादा बढ़ेगा आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहेगा जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करके और मां दुर्गा को आज मालपुए का यदि भोग लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा हमारी जो अगली राशि आती है अब आती है कर्क राशि तो भाई साहब कर्क राशि के जात को का आज प्रथम दिन कोई बहुत बड़ा आज आप फैसला ले सकते हैं सोच विचार करके ही फैसला लेना आपके लिए लाभदायक होगा कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं लंबे समय से रुका हुआ कार्य आज पूर्ण होगा जिससे आपकी खुशियों में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप जो भी काम करने की सोचेंगे उसे लेकर पॉजिटिव नजरिया रखने से सब काम अच्छे से रहेंगे आज, आज आपको बच्चों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उनके खान पर भी आज आपको जो है पूरी तरीके से नजर बनाए रखनी चाहिए और आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर आपको दूध अर्पण करना रहेगा और गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ करना है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा वही सिंह राशि के जात को नवरात्र का प्रथम दिन क्या कुछ लेकर के आया है आपके लिए तो आपको किसी मित्र की सहायता आज आप करते हुए नजर आएंगे आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी आपको आज अपने खर्चों को नियंत्रित करना पड़ेगा आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा लवमिट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है कोई नया विवाह संबंधी रिश्ता आज आ सकता है आज उचित मेहनत से आप सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आप अपने भविष्य के लिए नए कदम उठाएंगे मंदिर में यदि आज, आज आप माता को मिश्री का भोग लगाते हैं और आज के दिन दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा कन्या राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज आप खुद को एनर्जी से बहुत भरा हुआ महसूस करेंगे आज आप जिस भी काम को करेंगे वो समय से पूरा होगा आज आपकी आज आज आमदनी में बढ़ोतरी होगी किसी जरूरी कामकाज से यात्राओं के योग बन रहे हैं आज जीवन साथी को किसी काम में सफलता मिलने से आपकी खुशी दुगनी होगी जो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है खास करके जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं आपके बॉस के साथ आपके संबंधों में मजबूती आएगी आज उनके साथ किसी खास मामले पर आज आप बातचीत कर सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज दुर्गा जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाइए और पीलक कवच अर्गला स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा तुला राशि नवरात्र का प्रथम दिन क्या कुछ लेकर के आया है तो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 वृश्चिक राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज आपकी कोई ना कोई इच्छा जरूर पूरी होगी समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा कुछ दिनों से रुका हुआ काम परिवार वालों की मदद से पूरा होगा जीवन साथी के साथ किसी खास विषय पर चर्चा करेंगे जिससे आपकी समस्या का हल आसानी से निकल आएगा जो कोई कंप्यूटर स्टूडेंट्स है उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए ही बना है सफलता बेहद करीब आपके रहेगी आज ऑफिस के वातावरण में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएंगे आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद से आज आप कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि करते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कनक धरा स्त्रोत का आज आप लोग पाठ करिए और दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम सेजिटेरियन धनुराशि तो आज आपका मन अध्यात्म के प्रति ओतरोत रहेगा परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे ऑफिस में आज, आज आपके काम की तारीफ होगी आज, आज आपको सहकर्मियों का पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा अगर आज आप किसी से प्यार करते हैं तो आज उसे अप, अपने दिल की बात बता सकते हैं आज का दिन आपके फेवर में रहेगा आज किसी रचनात्मक कार्य से आपको धन लाभ हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम आज आपकी एक से अधिक रहेगी कुल मिलाकर के भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा यादेवी सर्वभूतेशु लक्ष्मी रूपेणु संस्था नमस्त सय नमस्तअसय नमो नमा इस मंत्र का एक बार आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कैप्टी कौन मकर राशि तो आज अधिकारियों से व्यवहार में सावधानी रखिएगा आपको धन लाभ के नए शोक मिलेंगे परिवार वालों के साथ समय आज आपका अच्छा बीतेगा बचपन से किसी बचपन के किसी मित्र से आज आपकी मुलाकात संभव संभव है दिन भर के कामों में आज आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती हुई दिखाई पड़ रही आज आप बहुत हद तक ही व्यस्त रहेंगे आपका बना बनाया कोई काम बिगड़ सकता है आज आपको कोर्ट कचहरी में जो है किसी बात विवाद से दूर रहना चाहिए उच्चाधिकारियों से भी आज आपको बात विवाद नहीं करना है घर परिवार में पिता से कुछ आज आपके वैचारिक मजभेद उभर कर सामने आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए आज और आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाल शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जात को आज लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा हाई एजुकेशन पाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है सफलता आज, आज आपके कदम ढूंढेगी आज संतान की ओर से आपको दाम्पत्य जीवन में आपकी उत्तम रहेगा रोजमर्रा के कार्यो में आज, आज आपको फायदा होगा कारोबारियों को आज लाभ के विशेष अवसर प्राप्त होंगे आज नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी कोशिश कीजिएगा की दुर्गा जी के बत्तीस नामों का आज आप कम से कम जो है तीन बार जरूर जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पगल में बना बेल आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख तो हमारे पेज को फटाफट लाइक कीजिए मीन राशि के जात को आज कोई व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित होगा नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर आने के योग रहे। बन रहे मन में किसी बात को लेकर के उत्सुकता बनी रहेगी संतान पक्ष से आज, आज आपको खुशी मिलने के संकेत है आज, आज आप अपनी बेहतर सोच से किसी नाजुक हालात को संभालने में सफल रहेंगे जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा आज आपको व्यापार में मुनाफा होगा ऑफिस में किसी सहकर्मी से आज आपकी दोस्ती मजबूत हो सकती है आज यात्राओं का योग बन रहा है और किसी धार्मिक जगहों पर गतिविधियां आज आपकी हो सकती हैं घर परिवार में सब कुछ मंगलमय रहेगा अविवाहित लोगों को आज कोई विवाह का प्रस्ताव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गाय को आप लोग गुड़ रोटी जरूर खिलाइए और आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब बेल बेलाइकन जरूर दबाइए हमारी सारी वीडियो आप तक ही पहुंचे वार्षिक राशिफल दो